दोस्तों कैनेडा वीज़ा के ऊपर इस समय की सबसे मेजर अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ पी टाइमलाइन क्या चल रही है जनवरी 2023 के लिए हम लोग किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ये सारी अपडेट्स लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस के हम लोग आंसर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों के क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आंसर करना चाहता हूँ जो लोग लोगों ने बहुत पहले अपनी फाइल को अप्लाई करा था कई लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर मैंने छः महीने पहले आठ महीने पहले फाइल्स को अप्लाई करा था लेकिन इस समय तक हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आया तो दोस्तों आपको अभी भी फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा कि वेट करना चाहिए और जो लोग अपनी प्रोफाइल को नए सिरे से जीरो से अप्लाई करना चाहते हैं मतलब कि फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को अप्लाई कर रहे हैं फॉर द जनवरी इंटेक सेप्ट्बर इंटेक तो देखो दोस्तों बंद हो चुका है अब जो बात हम लोग करेंगे वो सिर्फ जनवरी टू कि इंटेक के, के बारे में बात करेंगे तो क्या मुझे अपनी फाइल जो है इस समय अप्लाई करनी चाहिए फॉर द जनवरी इनटेक क्या मेरा जो रिजल्ट है ज़्यादा डिले तो नहीं होगा तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको साफ़ तौर पर बता देना चाहता हूँ जो लोग साढ़े पाँच ब्रांड के साथ या फिर छः ओवरऑल बैंड के साथ अपनी फाइल को अप्लाई कर रहे हैं आ, वो इस समय अपना लक ट्राई कर रहे हैं मतलब वो अपनी किस्म के साथ बेसिकली एक तरीके से खेल रहे हैं तो अभी उनका वीज़ा जो है फिलहाल की घड़ी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है तो डू नॉट ट्राई अगर आपकी साढ़े पाँच बैंडस हैं तो अपनी फाइल को अभी फिलहाल अप्लाई मत करिए नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सेकंडली किन किन चीज़ों का है जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इस समय फ़िलहाल की घड़ी अपनी फाइल अप्लाई करना चाहते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो 30% वीज़ा सक्सेस रेट इस समय मार्केट में चल रहा है और सेवेंटी देखो मार्केट में रिजेक्शन्स चल रही हैं जो काफ़ी देर से पेंडिंग फाइल्स थी छः महीने पहले आठ महीने पहले जिन लोगों ने फाइल को अप्लाई करा था उनके कईयों का तो अब जो है इंटेक भी निकल चुके हैं सेकेंडली डेफर पे डेफर ले रहे हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का इस समय जो है सामना करना पड़ रहा है दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस समय फिलहाल आपके वीजा जो है रिजेक्शन के कारण बन रहे हैं पहला जो कारण है दैट इज अब आइल्स की वजह से आपकी फाइल्स रिजेक्ट नहीं हो रही काफी बच्चों की मैंने देखा है कि साढ़े छः सात ब्रांड्स इवन एट ब्रांड्स के साथ भी आप फाइल अप्लाई करते हो तो अब जो कारण है रिजेक्शन के वो मेजरली वो पकड़ रहे हैं दोस्तों अकेडमिक्स को आपने अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट करी थी तो आपके एकेडमिक्स के कितने परसेंटेज थे ये बहुत बड़ी बात है इस समय सेकेंडली जिस पर्टिकुलर फील्ड में जिस कोर्स को आपने चूज करा है फिलहाल की घड़ी में फॉर द कैनेडा स्टडी वीजा क्या आपके एकेडमिक्स में आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है या नहीं है ये बहुत बड़ा कारण है फाइल के रिजेक्ट होने का अगर किसी भी एजेंट से आप फाइल लगवाते हैं तो मुझे अभी भी ये समझ नहीं लगता काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने कोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते वो सब चीज़ें अपने एजेंट पे छोड़ देते हैं और उन्हीं डिसाइड करने देते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए लेकिन मैं पर्सनली अगर यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँ तो आपका कोई भी एजेंट हो उससे आपको अपना कोर्स क्यों चूज करा वो कॉलेज क्यों चूज करा इसका रीज़न पूछना चाहिए और आपका जो कोर्स है वो आपकी स्टडी के साथ प्रीवियस स्टडी के साथ मैच करता है या फिर मिस करता है इसको आपको अप्लाई करना है दोस्तों एजेंट के पास पचास सौ फाइल्स होती हैं जो कि वो अप्लाई करता है लेकिन आपके पास जो है एक ही चांस होता है अपनी फाइल को अप्लाई करने के लिए तो उस पर काफी खासे तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए थर्ड नंबर जो है इस लिस्ट में है दैट इज एस जब भी आप एस लिखते हो अपने गैप को अच्छे से क्लियर करिए बहुत अच्छा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर आपका कोई गैप है या फिर आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों चूज करा क्या आपके जो टॉपिक्स आप वहां पे सीखने जा रहे हो वो मेरी प्रीवियस स्टडी के साथ मैच करते कि नहीं करते वहां पे किस तरीके का कोर्स मैं चूज़ कर रहा हूं ये सब चीज़ें एसओपी में आपको प्रॉपर्ली मेंशन करनी है तो कोशिश करिए इस तरीके के फाइल्स ही अप्लाई करिए और अच्छे से अपनी फाइल को अप्लाई करिए तभी आप वीज़ा जो है सक्सेसफुली ले सकते हैं फॉर द कैनेडा अगर मैं अपनी बात करूँ हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं कई बार फाइल्स आती हैं जिनका वीज़ा नहीं लग सकता तो हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर देते नो कर देते हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम से अच्छा है कि हम उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं उसका रीज़न क्या है या फिर हमें उनके अल्टरनेटिव बताना होता है कि हाँ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते ये आपके लिए अलग मैथड है किसी भी फाइल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते अगर उस फाइल के साढ़े बैंड्स हैं सेकेंडली 65 परसेंट अगर आपके मार्क्स है तभी हम आपकी फाइल को इस समय एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड ऐसा है कि दोस्तों वीज़ा लेना कनाडा का इस समय फ़िलहाल की घड़ी थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है तो दोस्तों कनाडा की वीज़ा रिजेक्शन के और भी बड़े, बड़े सारे कारण हैं जिनमें से एक तो ये है कि इस समय जो है कैनेडा जाने के लिए बड़े लोग बेकरार हैं उनके पास काफ़ी अच्छी चॉइस है बहुत ज़्यादा लोगों की चॉइस है जिनको उन्हें चूज़ करना सपोज करिए अगर इंडिया में भी कुछ इमिग्रेशन का सिस्टम होता तो हम भी ऐसी फाइल्स को चूज करते जिनके एकेडमिक स्ट्रांग हैं जो हमारी इकॉनमी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न दे सकते हैं जो हमारी इकोनॉमिक के इकॉनमी के अंदर बोझ नहीं बनेंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट करेंगे कुछ बिजनेस लेके आएंगे मतलब हम फाइनेंशियली और अकेडमिकली स्ट्रॉग स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करते यही सेम प्रोसीजर कर रहा है दोस्तों कैनेडा अगर आपके अकेडमिक्स अच्छे हैं तो आप अप्लाई करिए आइल्स का स्कोर अच्छा है अप्लाई करिए जीआईसी आई सी प्रॉपर्ली भरी आपकी फाइल्स रिजेक्ट नहीं होंगी तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं खत्म करना चाहता हूं ऐसे बड़े सारे अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आते हैं फॉर द कैनेडा वीज़ा तो प्लीज़ इस चैनल को हमें सब्सक्राइब करें थैंक यू मच